तो मैं आप लोगों को ऐसी रेसिपी दिखाने वाली हूँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो बार बार बना के खाने का मन दिल करेगा तो आप खाली मैदा का पूरी खाएंगे आटा खाएंगे खाए होंगे बहुत सारा चीज़ का पूरी खाएंगे लेकिन यहाँ एकदम नरम रुई का तरह एकदम सॉफ्ट आप लोगों को मैं आलू का पूरी दिखाने वाली हूँ उससे पहले मैं तीन उबला हुआ आलू ले ली हूँ और जो है मैं इसको ग्रेट कर ली हूँ इसको बहुत बारीक से इसको ग्रेट करना है तो इसमें मैं स्वाद अनुसार मैं ले ली हूँ नमक और इसको से मिलाने के लिए मैं डाल दी हूँ भर के दो चम्मच मैदा तो इसको अच्छा से मिलाएंगे जो उबला हुआ आलू है उसमें पानी का नमी इतना रहता है उसे इसमें आराम से मैदाश माने दो हो जाएगा सोन जाएगा अच्छा से तो आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छा से माने हाथ में तो चिपकेगा ही थोड़ा मैं पहले बोल देती हूँ थोड़ा बेलने में भी दिक्कत आएगा इसको लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब है उसका टेस्टी कुछ अलग है एकदम नरम आप लोग एक बार घर में ज़रूर बना के बनाइएगा जरूर आप और मेरे चैनल पे फिर आप लोग नए आए हैं ऐसा रेसिपी बहुत देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देख लीजिए तो मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ क्योंकि आलू है तो बहुत चिपकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा आलू का मात्रा है तो बहुत ही हल्का हाथों से इसको सोनना पड़ता है निड्डो लगाना पड़ता है और इसको बेलना भी पड़ता है तो मैं इधर हाथ में लगा ली हूँ मैदा और इसका छोटा छोटा जो लोही था मैं इसका कट करके मैदा निकाल लूँगी तो इधर मैं पहले से तेल भी रख दी हूँ गरम होने के लिए तो देख सकते हैं मैं इसको हल्के हाथों से मैं इसको बेलूँगी तो इसको बहुत चिपकेगा ये जैसे कि मैं बोल दी हूँ तो एक एक बेल के मैं चार पांच पूरी में बेल लेती हूँ और आप लोगों को मैं तल के भी दिखाऊंगी तो और मैं एक बात और लोग आप लोगों को बोल देना चाहती हूँ कि, कि इसमें आलू का मात्रा ज़्यादा है तो फूलने का चांस कम रहता है तो आप थोड़ा सा मोटा बेलिएगा तो बहुत ही अच्छा से फूलेगा तो मैं यहाँ पतला बेलूँगा एक बार तो मैं आप लोगों की गारंटी देकर बोल सकती हूँ कैसे भी बोली बेलिए आप उसको लेकिन खाने में लाजवाब है और इसको धीमा आंच पर थोड़ा सा इसको सेकेंगे उसका बाद हाई फ्लेम कर देंगे ये देख सकते हैं मैं इधर अच्छा से इसको तल दे रही हूँ आप लोगों को मैं तल के बाद में दिखाऊंगी इसे कितना सॉफ्ट बना है आप लोग जब तक बनाइएगा नहीं आप लोग एक्न नहीं कीजिएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी है मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ एक बार ज़रूर बनाइए आप लोग घर में मैं बहुत कोशिश करती हूँ अप लोगों को अप लोग तो अप लोगों अच्छा वीडियो देने के लिए एक नया वीडियो देने के लिए मेरा जो पूरी है कोई कोई फूल रहा है और कोई कोई नहीं फूल रहा है क्योंकि इसमें आलू पड़ा हुआ है मैं बहुत पतला इसको खेल दी इसीलिए देखिए बहुत ही सॉफ्ट है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हाथ में इसको दबा के मैं देखिए बहुत ही नरम है